हेलो दोस्तों सिंधु घाटी सभ्यता सबसे प्राचीन सभ्यताओं में से एक है इसको दो ओ नामों से जाना जाता है सिंधु सभ्यता या यादेव सभ्यता और दूसरा हड़प्पा सभ्यता सिंधु सभ्यता की खोज राय बहादुर दयाराम सहनी ने जॉन मार्शल के निर्देशन में 1921 में की थी रेडियो कार्बन 14 जैसी तकनीक सहायता से इस सभ्यता की तिथि तेईस सौ ईसापुर ऐसी सत्रह सौ ईसापुर मानी जाती है इस सभ्यता के अवशेष पाकिस्तान भारत के पंजाब गुजरात राजस्थान हरियाणा पश्चिमी उत्तर प्रदेश जम्मू कश्मीर पश्चिमी महाराष्ट्र आदि राज्यों में इस सभ्यता के अवशेष पाए जा चुके हैं दोस्तों अब बात करते हैं सिंधु घाटी सभ्यता के कुछ छिपे फैक्ट के बारे में नंबर वन यह सभ्यता त्रिभुजाकार क्षेत्र में फैली हुई थी और इसका क्षेत्र बल वर्ग किलोमीटर था नंबर टू हड़प्पया से एक दर्पण प्राप्त हुआ है जो तांबे का बना हुआ है नंबर थ्री हड़प्पा में स्वास्थ्य चिन्ह भी हड़प्पा की देन है इससे अनुमान लगाया जा सकता है कि सिंधु सूर्य की उपासना करते थे नंबर फोर सिंधु घाटी सभ्यता में से एक बड़ा स्नान खुदाई में मिला था जिसको द ग्रेट बात नाम दिया गया इस स्नान की लंबाई ग्यारह पॉइंट मीटर और चौड़ाई 7 मीटर है यह स्नान धार्मिक प्रयोजनों हेतु उपयोग में लाया जाता था नंबर फाइव सिंधु घाटी सभ्यता में लोग शिल्प में भी कुशल थे नंबर सिक्स सिंधु सभ्यता के लोग बटन भी बनाते थे सबसे पुराना बटन मोहन में खोजा गया था जो लगभग पांच हजार वर्ष पुराना बताया गया है नंबर सेवन सिंधु सभ्यता में सटीक माप तकनीक का विकास था वैज्ञानिकों ने उस समय उपयोग होने वाले कुछ माप यंत्रों की खोज की होगी जिनका उपयोग लंबाई नापने वजन तोलने आदि में किया जाता था नंबर एट दुनिया के सबसे पहले डेंटिस्ट भले ही दोस्तों आज कितने भी मॉडर्न डेंटिस्ट हो पर उस समय भी लोगों को इसकी जानकारी थी मेहरगढ़ पाकिस्तान में दो लोगों के अवशेषों पर पुरातत्व विभाग द्वारा रिसर्च की गई थी जिसमें यह पाया गया था कि वो लोग डेंटिस्ट के भी ज्ञानी थे थैंक यू